झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शर्म नहीं आती जिस दिन से मिली है उस दिन से झूठ पे झूठ बोलती जा रही है शकल देखो कितनी भोली है लेकिन अंदर से लोमड़ी है अरे गलती तो मेरी है जो तो मैं